तो सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है इस शरीर में तुम्हें सत्य से अनुभग क्यों ंतु तो इस शरीर के पूर्व ऋतु में सत्य का बोध